222, FIFA World World Cup Cup is Qatar. 2010 सिर्फ आठ वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनवाए बल्कि एक पूरी प्लान सिटी भी बना कर ली इसके साथ साथ Football Fans को Stadium तक पहुँचाने के लिए Doha Metro के नाम ऐसी Rapid Transit System अकोमोडेशन के लिए लक्जरी अपार्टमेंट्स क्रूज शिप होटल्स और फैन विलेजेस भी बनाई गई हैं। चाइना के कैपिटल बीजिंग से भी छोटा और तुर्की के इस्तम्बोल से दुगना कतर मिडल ईस्ट का एक छोटा सा मुल्क है जो सिर्फ ग्यारह स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है लेकिन वो कहते हैं ना की कि किसी की साइज देख उसकी पावर को जज न किया जाए कतर छोटा तो बेशक है लेकिन ये अरब कंट्रीज में सबसे अमीर और जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अगर आप इंडिया में रहकर महाना एक लाख बारह हजार रूपए कमा रहे हैं, या पाकिस्तान में महाना तीन लाख दो हजार रूपए कमा रहे हैं तो ये इनकम कतर में उन सिटीजन की है जो वहाँ सबसे गरीब तस्वर किए जाते हैं जी हाँ कतर शायद दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पॉवर्टी रेट लिटरली जीरो परसेंट है यहाँ का हर एक सिटीजन एवरेज एक लाख अट्ठाईस हजार डॉलर सालाना कमाता है जबकि अमेरिका जो के सुपर पावर है वहाँ हर सिटीजन साल के साठ हजार डॉलर जबके यूके में सालाना इनकम चवालीस हजार डॉलर है घर में गरीबी का कॉन्सेप्ट ना होने की वजह यहां से ब्लैक गोल्ड यानी ऑयल का निकलना और यहां की बहुत कम पॉपुलेशन है अरब कंट्रीज अपने शानदार आलिशान और लग्जरी मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए वैसे ही पूरी दुनिया में फेमस है फिर चाहे सऊदी लाइन सिटी का प्रोजेक्ट हो को दुबई में मौजूद पाम आईलैंड या दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा ही क्यूँ न हो इन तमाम प्रोजेक्ट में एक चीज कॉमन है कि ये दुनिया को हैरान करने के लिए बनाए गए हैं, टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए और वेस्टर्न कंट्रीज को हैरान करने के लिए कतर भला कैसे पीछे रह सकता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर के लिए एक ऐसा हथियार है जो बाकी तमाम अरब कंट्रीज पर भी हावी हो सकता है दी गार्डियन की न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कतर 2022 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए हर हफ्ते 500 मिलियन डॉलर्स बहा रहा है और वो भी पिछले 10 सालों से यानी कतर अभी तक 230 बिलियन डॉलर्स का खर्चा कर चुका है इंडियन रुपीस में ये रकम उन्नीस हजार अरब जबकि पाकिस्तानी करेंसी में ये पचास हजार अरब रुपयों से भी ज्यादा बनती है अगर आज दुनिया का अमीर तरीन शख्स ई मस्क टेस्ला और स्पेस एक्स के सारे शेयर्स बेच भी दे फिर भी वो इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर ने आठ वर्ल्ड क्लास सोलर पावर्ड स्टेडियम्स बनाए हैं इन स्टेडियम्स की लोकेशन खास तौर पे ऐसी रखी गई है कि ये कतर के कैपिटल दोहा ऐसी सिर्फ पचपन किलोमीटर रेडियस के अंदर अंदर मौजूद है यहाँ की कड़कती गर्मी से बचने के लिए तमाम स्टेडियम्स को एयर कंडीशनिंग सिस्टम के हिसाब से डिजाइन किया गया है आइए इन आठ स्टेडियम्स और उनके अल्ट्रा लग्जरी फीचर्स पर एक नजर दोड़ाते हैं नंबर एट अल बैत स्टेडियम 35 किलोमीटर के फासले पर अल-खोर सिटी में बनाए गए इस स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जाएगा इस स्टेडियम को एक लेबनीज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है जिसमें 63,000 फैंस एक वक्त में बैठकर मैच देख सकते हैं इसके अला तरीन खेमे के डिजाइन का आइडिया कतर में मौजूद खाना बदोशों के खेमों से लिया गया है इसकी दीवारें भी स्पेशल वन टेंट फैब्रिक से बनाई गई हैं, जो इसको अंदर और बाहर दोनों जगहों से एक जायट टेंट का लुक देती है इसके साथ साथ इस स्टेडियम की इतनी बड़ी छत एक बटन की मदद से बंद भी हो सकती है अलवैत स्टेडियम के अंदर एक शॉपिंग सेंटर और फाइव स्टार होटल भी मौजूद है जिसके कमरों से फुटबॉल फील्ड का शानदार नजारा एंजॉय किया जा सकता है अगर ये कहा जाए कि ये स्टेडियम से भी बढ़कर कुछ है तो ये गलत नहीं होगा अलवैत स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप टू के टोटल आठ मैचेस खेले जाएंगे नंबर सेवन अल जनूब स्टेडियम ब्रिटिश इराकी आर्किटेक्ट जहा हदीद का डिजाइन किया गया अल जनूब स्टेडियम दुनिया के खूबसूरत तरीन स्ट्रक्चर्स में शुमार किया जाता है जहा हदीद लंदन ओलंपिक सेंटर और बीजिंग टेक्सिंग एयरपोर्ट की डिजाइनिंग के लिए पूरी दुनिया में फेमस है इस स्टेडियम को एक सेलिंग बोट के तर्ज पर बनाया गया है अंदर बैठे चालीस हजार को ऐसा महसूस होगा की वो किसी बहुत बड़ी शिप के अंदर बैठे हैं दोहा ऐसी सिर्फ 22 किलोमीटर दूर अल वक्रा सिटी में बनाया गया अल जनूब स्टेडियम अपनी तर्ज का सबसे लग्जरी स्टेडियम है इसकी खुलने वाली छत और इसका कॉम्प्लेक्स कोलिंग सिस्टम इसको हर तरह से कंफर्टेबल बनाए रखता है इस स्टेडियम में फुटबॉल फील्ड के अलावा स्विमिंग पूल्स स्पा शॉपिंग सेंटर्स और वेडिंग हॉल्स भी मौजूद है अल जनूब स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप टू के टोटल सात मैचेस खेले जाएंगे नंबर सिक्स अहमद बिन अली स्टेडियम फीफा वर्ल्ड कप 2022 का तीसरा स्टेडियम भी दोहा 15 किलोमीटर दूर अल रयान सिटी में मौजूद है इसका नाकाबले यकीन डिजाइन आर्किटेक्चर फॉर्म पैटर्न डिजाइन ने बनाया है इस स्टेडियम की सबसे खास बात यह है कि इसकी चारों आउटर वॉल्स आरोप बहुत बड़ी मीडिया एल लगी है जिसमे न्यूज कमरशल और स्कोर अपडेट किया जाएगा इस स्टेडियम में टोटल 45,000 फैंस फीफा वर्ल्ड कप के सात मैचेस एंजॉय कर सकेंगे नंबर फाइव अल थुमामा स्टेडियम 40,000 फैंस के लिए अल थुमामा स्टेडियम हमार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब बनाया गया है ये कतर और टर्की की कंस्ट्रक्शन फार्म का जॉइंट वेंचर था जिसको एक इस्लामिक कैप के डिजाइन से मुतासर होकर बनाया गया है टिया के नाम से पहचानी जाने वाली ये टोपी सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का ट्रेडिशन है स्टेडियम को 50,000 थाउजेंड स्क्वायर मीटर के एक पब्लिक पार्क के बीच में बनाया गया है जहां की स्पेशल घास स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट की गई थी नंबर फोर एजुकेशन सिटी स्टेडियम दोहाफ सात किलोमीटर दूर ये स्टेडियम एजुकेशन सिटी में बनाया गया है क्योंकि इसका डिजाइन एक डायमंड के पैटर्न जैसा है इसी वजह से इसको डायमंड इन दी डेजर्ट भी कहा जाता है इसको पैटर्न डिजाइन और ब्यूरो ने मिलकर बनाया है जो दुनिया की टॉप आर्किटेक्चर फॉर्म्स में शुमार होती है इस स्टेडियम की सबसे खास बात यह है कि यह सूरज की मूवमेंट के साथ साथ अपना कलर भी चेंज करता है जो रेगिस्तान में वाकई किसी हीरे से कम नहीं लगता इस स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की आठ गेम्स खेली जाएंगी नंबर थ्री खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम कतर के स्पोर्ट्स कल्चर की धड़कन रखने वाला ये है खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम कतर के फॉर्मर अमीर खलीफा बिन हमाद अल थानी के नाम पे बनाया गया ये स्टेडियम कतर का नेशनल स्टेडियम भी कहलाता है ये पहली बार 1976 में बनाया गया था लेकिन अब इसको फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए 40 करोड़ डॉलर्स खर्च करके रिफर्बिश किया गया है 45,000 सीटिंग कैपेसिटी के साथ साथ इसमें शॉप्स और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। ये एशियन गेम्स ए एफ सी एशियन कप और अरेबियन गल्फ कप को भी होस्ट कर चुका है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के आठ मैचेस खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे नंबर टू लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम गल्फ में फीफा के लिए बनाया गया ये सबसे बड़ा और सबसे पुरकशिश स्टेडियम माना जाता है लुसेल स्टेडियम को 100 परसेंट सोलर पावर से ठंडा किया जाता है जिसकी छत शाम के वक्त खुल भी सकती है जिस कंपनी ने इसको डिजाइन किया है वो ब्रिटेन की टॉप आर्किटेक्चर फॉर्म है फॉस्टर एंड पार्टनर्स ने लुसेल स्टेडियम के अलावा मोर लंदन, स्क्वायर, टम ब्रिज और लंदन सिटी हॉल जैसे स्ट्रक्चर्स भी डिजाइन करके अपने फंड से दुनिया को हैरान किया है लुसेल स्टेडियम को कतर के ट्रेडिशनल हैंड बाउल से इंस्पायर होकर डिजाइन किया गया है जिसमे एट्टी लोगों के लिए सीटिंग कैपेसिटी मौजूद है चमकता धमकता गोल्डन शेड ना सिर्फ दिन के वक्त बल्कि रात में भी इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच समेत टोटल 10 मैच इस स्टेडियम में खेले जाएंगे लुसेल स्टेडियम कतर के ग्रेटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें पूरी लुसेल फ्यूचरिस्टिक सिटी भी शामिल है और अब नंबर वन स्टेडियम 974 दुनिया का सबसे अनोखा और दुनिया का सबसे पहला ट्रांसपोर्टेबल स्टेडियम है कतर पोर्ट के करीब बना ये स्टेडियम कतर की वर्ल्ड वाइड ट्रेड को नजर में रखते हुए बनाया गया है इस स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन मटेरियल कुछ और नहीं बल्कि शिपिंग कंटेनर्स हैं। जी हाँ टोटल 974 कंटेनर्स की मदद से इस स्टेडियम की वॉल्स बनाई गई है इसका नाम 974 इस वजह से नहीं रखा गया कि इसमें 974 कंटेनर्स इस्तेमाल हुए हैं बल्कि 974 सेवन कतर का इंटरनेशनल डाइलिंग कोड भी है इसमें मौजूद कंटेनर्स के मुख्तलिफ कलर अपना अलग अलग मकसद बयान करते हैं जैसा की ब्लू कलर के कंटेनर्स में फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट बनाए गए हैं येलो कलर बाथरूम के लिए और ब्लैक कंटेनर प्रेयर्स के लिए रखे गए है मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में ग्रीन कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ फीफा वर्ल्ड कप 2022 के सात मैचेस खेले जाएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड कप पूरा होने के बाद ये पूरा स्टेडियम डिसमेंटल कर दिया जाएगा